हाल के दिनों में हमने देखा है कि कोविड नाइन्टीन के मरीज जो ठीक हो रहे हैं या जो इलाज करा रहे हैं उनमें मिकर मैग से केसेस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं और ये काफ़ी काफ़ी ये फैल गया और ये सरकार ने इसे नोटिफाइड भी किया है तो इसे भी ध्यान रखना होगा है ये काफ़ी गंभीर बीमारी है और इसका इलाज करने में काफ़ी मुश्किलें आती हैं और इनका जो इलाज होता है वो मोस्टली एंटी फंगल थेरेपी होता है अर्ली स्टेजेस में और जब लेट स्टेजेस में होती है तो हमें साथ में सर्जरी भी करनी पड़ती है तो बट हमारी एक सलाह है कि आप इसे घबराएं नहीं और इ, इन सलाहों का आप पालन करें अपनी मर्जी से किसी भी दवाई का सेवन ना करें खास करके स्टोरॉयड्स का क्योंकि इस्टरयड्स कोविड नाइन्टीन मरीजों में काफी यूज हो रहा है क्योंकि ये ही काफी इफेक्टिव दवाई है तो इस, इस का प्रयोग अपने मन से ना करें किसी भी डॉक्टर की सलाह पर ही वो जितने दिन के लिए स्टोर की आवश्यकता है या प्रिस्क्राइब किया जाता है उसके अनुसार से ही ले और अगर आप स्टोर का उपयोग करते हैं तो ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग जरूर करें और जिन मरीजों को डायबिटीज नहीं है उनको भी करनी चाहिए कि स्टोयड ब्लड शुगर लेवल को काफी बढ़ाता है और चूंकि ब्लड शुगर लेवल काफी बढ़ता है इसके कारण फंगल के इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं तो ये जो नॉर्मल मरीज है जो जो कि स्टोयड ले रहे हैं या जो डायबिटीज के पेशेंट है या और जो डिजीज है जैसे कैंसर के पेशेंट है वो भी स्टोड अगर ले रहे हैं इस बीमारी कोविड नाइन्टीन के इलाज के दौरान तो वो ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग जरूर करें और इनका ख्याल रखे ब्लड शुगर एक निश्चित लेवल के अंदर ही हो अन्यथा नहीं तो जो इस ब्लैक फंगस केसेस कारण ही बढ़ते जा रहे हैं और दूसरा ये भी कि कोविड 19 में खुद ऐसे जो है जो इम्यूनिटी है वो काफी डाउन हो जाती है तो ये भी संभावना है की इसके कारण भी इन्फेक्शन रिस्क बढ़ रहा है आप कुछ बातों का और ध्यान